होते हैं है या नहीं? मार्शियंस को ठीक है मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ ये फोटो मार्स के पत्थर की है ये देखकर लगता है कि मार्शियस ने बनाया होगा सही कहा? इसका चेहरा तो इंसान की तरह है। साबित कि सच में होते हैं। <laughs> ये बसे चेहरे की तरह नहीं लग रहा है तुम्हें सही कहा ये फोटो शायद किसी की परछाई की वजह से चेहरे की तरह दिख रहा है तो ये साबित हो गया माशि नहीं होते ऐसा नहीं है वो होते हैं। ये देखो इस बुक में भी लिखा हुआ है तो ये क्या है <laughs> ये सब झूठ है इंसान तो क्या मास्क पर एक चीटी भी नहीं हो सकती है अभी नहीं पता है सुनियो मांस पर आज तक कोई भी नहीं गया है तो क्या तुम दोनों सच में वहां जाकर देखना चाहोगे क्या तुम ऐसा कर सकते हो हम सब अभी आरोप चलते हैं ठीक है, है तुम तो एनी डोर डो एनी डेटोर इस्तेमाल करने ऐसी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा हम तो मार्स आरोप जा रहे हैं तुम तो कितने इसे और भी मजेदार बनाए कह रहे हो तुम्हें ये गैकेट फ्यूचर के बच्चों के लिए जो स्पेस में मजे के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहले पिकनिक रॉकेट। रोके छोटे से रॉकेट से कोई मार्का तो कैसे जाएगा me था था। खाना सूखा इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा दिन तक बिक सके और खाना प्रोसेस क्या हुआ होता है ताकि ये जीरो में ना जाए। वाह, ये स्वादिष्ट है अ, अरे, इतना अभी मत खाओ। ये खाना सूखा है लेकिन मुंबई जाकर बिल्कुल बच गया है ये कैंडी स्वीट पोटेटो की जे जे है। करो मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा अच्छा ठीक है टेम्परेचर लगभग माइनस फोर्टी थ्री डिग्री तक होता है क्या कहा, लेकिन, जब हम अडाप्टेशन लाइट -like का इस्तेमाल करते हैं ये स्पेस की तरह काम करता है ए, मैं सबसे पहला रखा। तो सब कुछ बहुत सॉफ्ट है क्यूँकी यहाँ की ग्राविटी प्रदूषण सबसे बड़ा पान अरे वाह ये तो सच में बहुत बड़ा है आ? आ? आ? आ? तो चलो चलते हैं थीके। थीके। मुझे लगता है मार्स पूरा पत्थर और मिट्टी से ही भरा हुआ है लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर भी बहुत सारा पानी होता है मैंने भी हुआ करते थे हो सकता है वो यही कह रहे होंगे खैर अब मुझे बहुत की भूख लग रही है ठीक है चलो ब्रेक लेते हैं। ना वाला चलो ऑक्सीजन वा, की खाना अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है हाँ, पर ये आया तो और सही है। तो ये लो तुम्हारे लिए ये तुमने क्यों लिया नहीं तो नहीं सुनियो ने नहीं लिया तो फिर किसने लिया वहाँ कुछ तो अजीब चीज पड़ी हुई है ये, ये है क्या ये शायद पासपोर्ट है देखा मैंने कहा था ना मार्केट सोच काम करने की कंडीशन में नहीं है तुम इतनी दूर यहाँ अर्थ से आए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे तो अब चलो हम वापस चलते हैं कह रहे हो मुझे मार्शल यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे तुमने गलती से शायद कुछ और देख लिया होगा नहीं नहीं वो सच में यहीं पर थे। मेरा विश्वास करो अरे, ये हवा? अरे वो क्या है रेत तो का दोबारा होता रहता है और ये इतना ताकतवर है की पूरे प्लान को रेत ऐसी कोई इस खासियत ऐसी खुश नहीं हो जाए गाड़ी में चलो का इंतजार करते हैं हाँ। अरे जी सुनियो नहीं।, हाँ। नहीं।, हाँ। नहीं वो तो याद ही चुका है चलो जियान और सुनियों को ढूंढते हैं का जूता जियान अपना एक जूता छोड़ के कहां जा सकता है आ, वो देखो वहां पर। हम्म। अरे वाह ये फिर से खा रहा आ, आ, है अरे हाँ मार्स की सैटेलाइट ने जरूर कुछ रिकॉर्ड किया होगा इसमें जो भी फोटोज क्लिक किए होंगे मैं उन्हें चेक करता हूँ जियान और सुनियो ये किसकी परछाई है? है।, है मैंने कहा था नी सोचा था कि ये सब सच होगा जियान और सुनियो ठीक तो ठीक है चलो पहाड़ की ओर चलते हैं। है अंदर देखते है तो ये तो कितनी बड़ी गुआ है हमें साथ रहकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी सुनो, अगर तुम हो तो जवाब दो कि तुम हो। का, का, का। सुनो, अब गायब हो गई है शायद वो मार्शल से चले गए होंगे छू भी नहीं रहा तो इसलिए तो इस तो इस तो हाँ। ये तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तो ये।, तो जो ये जो मार्शल हैं, ये सच में बहुत अच्छे हैं। क्या? हे नोबिता। जी आज दुनिया। इन मार्शल ने ही हम दोनों दोस्त खतरनाक तूफान से बचाया था हाँ, हाँ। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है कितना अच्छा है? अच्छा हाँ कैसे आ गया? ओहो, तो ऐसा हुआ था। मुझे मार्शल के बारे में पता लग गया है ये गैजेट बुक से चिपक गया था और फिर ये फोटो बाहर आ गई और इसे तुमने मार्शल समझ लिया क्या इसका मतलब यहाँ पर मार्शल नहीं होते हैं <laughs> कहा था यहाँ कोई मार्शल्स नहीं रहते देखो अब मैं जीत गया ना। वो तुम्हें अरे सुन लो हम इस जगह का सिर्फ एक ही अभी तक समझ गए सही कहा अगर और रिसर्च की जाए तो एक दिन मार्शल्स जरूर मिल जाएंगे सही कहा तुमने हम आ गए। और अगली खबर मार्शियाल की तरह दिखने वाला कुछ पाया गया हाँ, मार्शियल ये फोटो उस कैमरे से खींची गई थी जो खराब हो गया था आरोप एकदम से काम करने लग गया शायद। हाँ, हाँ, हम ही हैं। ये बिल्कुल एक रैगून और बंदर की तरह है मैं ये कह रहा हूँ हवा बहुत तेज है इसलिए खिड़की बंद कर दो तुम कुछ भी नहीं समझते तुम जाके खिड़की खुद क्यों नहीं बंद कर तुम बोल के भी तो ये कह सकते हो ना और आ करने से क्या मतलब है तुम्हारा नहीं चलो हम ऐसे भी बात कर सकते है क्योंकि हम बहुत समय से एक दूसरे को अच्छी तरह ऐसी जानते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से मैं ना बात करके सामने वाले तक मेरी बातें पहुंचा सकूं डोरेमोन अगर तुम्हें बात करने में भी आलस आता है तो हमेशा सोते रहो। परेशान हो गया हूँ क्या करूँ तुम्हारा हम तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो यही सोच रहे हो ना की आजकल डोरेमॉन कितने गुस्से में रहता है क्योंकि मैंने कहा था ना तुम नहीं समझे ये कोई बात नहीं बताओ अरे हाँ। सुनो ना बेटा। कैसे एक तरीका है मेरे पास बिना बात किए अपने बात को सामने वाले तक पहुंचाने का सच में? क्या ये तो बीज है। हाँ, ये बीज नाम का पेड़ का बीज है इस बीज को खाकर तुम जो भी सोच रहे होगे, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा की बताऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो, है? कुछ सोचो। hmm, कुछ सुनाई दे रहा है हा? जब भी मैं डोरेमोन का चेहरा देखता हूँ बलून की तरह दिखाई देता है जो कि बहुत फनी दिखता है लेकिन प्यारा भी लगता है क्या क्या तुमने बिना बात किए मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुम हंस क्यों रहे हो ऐसे तो बहुत अजीब लग रहे हो तुम्हें अभी पॉकेट मनी चाहिए कल जो पैसे दिए थे उसका क्या हुआ तुम हमेशा पैसे वेस्ट करते हो पर माँ मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अरे हाँ तुमने तो कुछ कहा ही नहीं को जुड़िया थी और अब तो सफेद बाल भी है अब जाकर अपना काम करो लेकिन ऐसा कहा तरीके ऐसी मैं अपनी बात बिना कहे सामने वाले तक पहुँचा सकता हूँ शिजु का एक बहुत ही अच्छी लड़की है और कौन है वहाँ किससे बोला ये हाँ। तो तो बहुत अच्छी बात तो है। मैं नहीं नहीं है। मैं बहुत तो बहुत हो क्या इतनी तारीफ आदमी अरे तुम, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे तो तुम तुम्हें अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे मेरे बारे में हाँ। अब मैंने इतनी सारी तारीफ की और भी आसान हो जाएगा क्या कहा तुमने ऐसे तो बहुत अच्छा। तो गड़बड़ हो जाएगी अगर सब मेरी बातें सुन लेंगे तो नोबिता क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम एक बुरे लड़के से मिले बुलमी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सच में तो मुझे ये सारी बातें कैसे सुनाई दे रही है मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो मुझसे अपनी कॉमिक के बारे में ना पूछ ले जो मैंने उसे पहले ली थी ओ सही कहा मेरे कॉमिक वापस तो मुझे चलो। मैं बाद में तुम्हें नहीं दूंगा सुनियों तो ने मेरी सारी कॉमिक देख दी ये समझकर कि वो मेरी हैं। है क्या कहा तुमने जो की तरह ध्यान रखते हैं। अरे नहीं मैं उन्हें बिना बताए ही चला जाता हूँ जा कहा कि मुझे बिना बताए यहाँ से चला जाएगा मुझे माफ कर दिया परेशान हो गया बिना कहे बातों को सुनने वाले इस गैजेट ऐसी अब तक तो इतनी अच्छी चीज नहीं हुई है, है? तरीके बातें सब सुन सकते हैं क्या ओह नोबिता! नो बिता सार, सार। उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे कोई पसंद नहीं करता वो रो क्यों रहा था मैं तो उसकी तारीफ करने के लिए आया था तो, एई नो बिता ज, जियान। <द्णण>। कि मैं वो आखिरी इंसान हूं जिससे तुम मिलना चाहोगे क्या कहा अभी तुमने अरे नहीं, नहीं मैं अपने आप से कह रहा हूँ की मत सोचे लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ तुम गए तो होना अच्छी बात नहीं होती है यही तुम अपने मन में कह रहे थे ना डोरेमान अच्छा ठीक है अच्छा है, तुम समझ गए अब इससे तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी क्या काम मैं दयालु हूँ इसलिए थोड़ी सी तारीफ